और भाई साहब आप देख सकते हो ट्रिक को यूज़ करने के बाद हमारे पास कितने ज़्यादा डायमंड आ चुके हैं तो बिना टाइम पर बात किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है या फिर एप्पल स्टोर ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है विन डायमंड्स गेम क्रेडिट्स गिफ्ट कार्ड्स और ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा और उसके बाद फिर उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर सबसे पहले इंटरफेस आएगा साइन इन करने के लिए और यहाँ पर आप गूगल से भी साइन इन कर सकते हैं और फेसबुक से भी और जैसे ही आप साइन इन पे टाइप करेंगे वहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा और उसको आपको एग्री कर देना है और मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ गूगल से दोनों में से किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको अपना अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा और साइन इन होने के बाद लोडिंग वाला स्क्रीन सामने आ जाएगा और जितनी देर में लोडिंग होता है उतनी देर में आप एक काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक याद से कर देना और यहाँ पर लोडिंग ख़त्म हो चुका है और प्ले गेम्स लिखा हुआ आ चुका है तो नीचे आपको एरो पे टाइप करते जाना है और यहाँ पर लगभग छः बार क्लिक करना पड़ेगा आपको और उसके बाद फिर लास्ट टाइम आपको टिक करना पड़ेगा और लास्ट टाइम क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिसमें गेम्स क्विज और कई सारे ऑप्शन हैं और ऊपर में आपको एड भी मिल जाएगा और आपका प्रोफाइल पिक्चर भी दिख जाएगा और एक कोइन का भी ऑप्शन है वहाँ पर और वो कॉइन आपको तभी मिलेगा जब आप इस ऐप में टाइम स्पेंड करेंगे जैसे कि कोई क्विज़ करेंगे या फिर गेम्स खेलोगे और यहाँ पर देख सकते हो ये क्या क्या गेम्स आ चुके हैं यहाँ पर कई सारे गेम्स हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप वो खेलते हैं और उन गेम्स को खेलने के बाद आपको कॉइन्स मिल जाएंगे और आप सर्वे भी ले सकते हैं सर्वे यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स के भी मिल जाएंगे आपको और कई सारे ऐप में आप यहाँ पर से शॉपिंग भी कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर से आपको रिडीमशन का भी पेज मिल जाएगा और रिडीम करने के लिए आपको जस्ट के साइड में एक ऑप्शन मिलेगा गिफ्ट्स वाला और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप पेटीएम में रिडीम कर सकते हैं फोर थाउजेंड कोइन से और इनवाइट फ्रेंड्स करके भी आपको कोइन मिल जाते हैं और यहाँ पर आप यूसी भी ले सकते हैं और अमेजन का गिफ्ट कार्ड भी परचेज कर सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज भी हैं इनमें से आप कोई सभी चीज़ जो आपको रिडीम करने ले सकते हैं यहाँ पर से क्लैश ऑफ या सेवे लॉर्ड्स मोबाइल ये सब की चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी आपको और हाँ आपको एक बात बताना मैं भूल गया कि यहाँ पर से अगर आप रिडीम करते हैं तो फिर आपको अपना ई डालना पड़ेगा जहाँ पर आपका रिडीम कोड आएगा और रिडीम कोड आने में कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा लगता है इसमें चौबीस घंटे के अंदर अंदर नहीं आता इस वीडियो में बस इतना ही और हाँ अगर आपने अभी तक माइंड फ्री में डाउनलोड करने का तरीका नहीं देखा तो राइट साइड पर क्लिक करूँगा